जय हिंद हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि है जीआईसी लेक्चर की और ये प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें जो है पुराने पेपर प्रीवियस एयर के जो आए हुए हैं वो हल कराए जाएंगे जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके क्योंकि रिपीटेड सवाल इस समय बहुत आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट या ये सीरीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है सबसे ज़्यादा जो लोग जी आई में नागरिक शास्त्र से भरे हैं नागरिक शास्त्र से जो लोग भरे हैं पेपर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग आइडर जूनियर हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान लिए हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग जी आई में किसी भी सब्जेक्ट से भरे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चालीस नंबर जी के आएंगे जिसमें सिविक्स के लगभग 15 या 10 नंबर आने के चांस हैं तो इसलिए ये प्रैक्टिसट या ये मॉडल पेपर उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि कंपटीशन की, की तैयारी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और इसमें जो है एक्सप्लेनेसन दिया गया है हम एक्सप्लेन एक्सप्लन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक्सप्लन करने पर बहुत ही वीडियो लम्बा हो जाएगा इसलिए हम केवल ऑप्शन बताएँगे आप लोग जो है पढ़ना चाहो तो वीडियो रुक रोक कर पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन उसका तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था ऑप्शन ए डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद बी महात्मा गांधी सी राजगोपालचारी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोग पढ़ लीजिए प्रश्न नंबर दो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है ऑप्शन ए उदारवादी बी पंथनिरपेक्ष सी संप्रभु या फिर डी लोकतांत्रिक इस इस प्रश्न प्रश्न का का सही सही उत्तर उत्तर आप लोग लगाइए। होगा उदारवादी आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए हमारे साथ साथ हल करिए और लास्ट में बताइए आपसे कितने नंबर का सही हुआ प्रश्न नंबर तीन किस संविधान संशोधन ने मतदाता आयोग की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी ऑप्शन ए बावनवा संशोधन बी साठवां संशोधन सी इकसठवां संशोधन या फिर डी बासठवां संविधान संशोधन तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर है इकसठवां संविधान संशोधन जो कि उन्नीस में हुआ था उस समय मुख्य उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो राजीव गांधी थे याद रखिएगा पूछ सकता है बाकी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोग पढ़ लीजिए प्रश्न नंबर चार भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था ऑप्शन है 40वां संशोधन बयालीस वहां संशोधन 44वां संशोधन या फिर 45वां संशोधन लगाइए आप लोग अपने पेपर पर कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन उन्नीस में हुआ था उन्नीस सौ छिहत्तर एक्सप्लेनेशन नीचे है पढ़ लीजिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसीलिए पूरा पढ़ लीजिए आप लोग पांच कैबिनेट मिशन भारत कब आया ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1945 बी 24 अप्रैल 24 मार्च 1946 सी 26 मार्च 1946 या उपयुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौबीस मार्च उन्नीस सौ छियालीस नीचे एक्सप्लेनेशन है और ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे तो तीन सदस्य थे पैथिक लॉरेंस स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर प्रश्न नंबर छह भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है ऑप्शन ए न्यायपालिका बी कार्यपालिका सी संसद या फिर डी संविधान तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को लगा लेना चाहिए क्योंकि बहुत काम सवाल है बहुत ही इजी सवाल है लेकिन आने की इसकी प्रबलता बहुत ही है है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपसे न्यायपालिका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके प्रश्न नंबर सात केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित आबंद, की गई हैं आपसे 27, C 25 या फिर B या फिर D 20 तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D 20 नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है पढ़ लीजिए आप लोग प्रश्न नंबर आठ कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद तीन के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीनी नहीं जा सकती है कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद तीन के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीनी नहीं जा सकती है कौन सी अधिकार है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बी भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार सी जीवन का अधिकार या फिर डी संगठित होने का अधिकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीवन का अधिकार इसको आप नहीं छीन सकते कोई नहीं छीन सकता है आपातकाल लगाओ तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है 400, या फिर चार चार, इस प्रश्न का सही उत्तर तो नंबर दस भारत में संप्रभुता कहा निवास करती है ऑप्शन आपसे संविधान में बी सरकार में सी राष्ट्रपति में या फिर डी जनता में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जनता में प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने का अधिकार किसको है कौन जो है नए राज्यों को बना सकता है ऑप्शन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों ने क्या लगाया है आप लोगों ने लगाया राष्ट्रपति तो बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर है डी संसद बारह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही ज्यादा ये भी आएगा जरूर ऑप्शन ए फ्रांस से बी कनाडा से सी जापान से या फिर डी आयरलैंड से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड से प्रश्न नंबर तेरह संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था ऑप्शन ए सचिदानंद सिन्हा बी के मुंशी सी बीएन राव या फिर टी टी, टी कृष्ण माचारी तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बी राव नंबर चौदह भारतीय संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये भी बहुत ही कॉमन सवाल है आयोग इसको बार बार रिपीट करता है एल ग्रेड में भी ये आया था ऑप्शन ए राष्ट्रपति बी प्रधानमंत्री सी राज्यसभा का सभापति या फिर डी लोकसभा का अध्यक्ष तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को दिख ही रहा है ऑप्शन डी और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी पढ़ लीजिए पंद्रह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था 26 जनवरी उन्नीस 22 जनवरी उन्नीस 9 दिसंबर 1946 या फिर 15 अगस्त उन्नीस तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 जनवरी उन्नीस प्रश्न नंबर 16. फेडरल गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि किसकी रचना है ऑप्शन ए केसी जॉन्स सी या फिर सी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केसी जिस, केसी के लिखी है फेडरल गवर्नमेंट इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में केसीवियर ने फेडरल गवर्नमेंट उन्नीस नामक पुस्तक संघी शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है प्रश्न नंबर सत्रह भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है ऑप्शन ए नीति आयोग के बी वित्त के सी लोक सेवा समिति के या फिर डी प्राकलन समिति के तो प्रश्न नंबर सत्रह का उत्तर आप बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्त आयोग के प्रश्न नंबर अठारह किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया यह भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह आता ही आता रहता है कि किसी न किसी परीक्षा में बयालीसवा संशोधन बी चौवालीसवा संशोधन सी पैंतालीस संशोधन या फिर तैंतालीस संशोधन तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौवालीस संशोधन जो हुआ था 1978 में प्रश्न नंबर 18 किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया ऑप्शन ए बयालीस संशोधन बी चौवालीस संशोधन सी पैंतालीस संशोधन या फिर डी तैंतालीस संशोधन तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लगाइए कॉमन सवाल है बहुत बार पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौवालीसवासोधन उन्नीस सौ अठहत्तर प्रश्न नंबर 19। निम्न में किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है आप राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के सी राज्यसभा के सदस्य के या फिर डी लोकसभा के सदस्य के चुनाव में चुनाव आयोग की कौमी भूमिका नहीं होती है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है नंबर तो बीस तो भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ऑप्शन ए लोकसभा बी राष्ट्रपति सी उपराष्ट्रपति या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ लीजिए आप लोग प्रश्न नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में किस पर आधारित है ऑप्शन ए मिंटू सुधार ऑप्शन बी मॉटेस्कू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सी रेमजे माइकडोनाल्ड अवार्ड या फिर डी नेहरू रिपोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉन्टेसू रिपोर्ट नंबर 22 निम्न में कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बी कर्नल नासिर सी मार्शल टीटो या फिर डी कर्नल गद्दाफी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नल गद्दाफी तो इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं निर्गुट आंदोलन के संस्थापक में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर योगो सोलाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो शामिल थे गुट निरपेक्षता का गठन उन्नीस में किया गया था इसका मुख्यालय बिलगर सर्बिया में है प्रश्न नंबर तेईस राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है ऑप्शन है मुख्यमंत्री बी राज्यपाल सी राज्य वित्त आयोग या फिर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य वित्त आयोग एक्सप्लेनेशन पढ़िए प्रश्न नंबर 24 भारत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में किससे संबंधित है ऑप्शन है राज्यों और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात बी संघवाद से सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार से या फिर डी राष्ट्रपति का महाभियोग से तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा कॉमन सवाल है ज़्यादा बहुत बार रिपीट किया गया है बहुत परीक्षाओं में जो लगातार परीक्षा देते हैं उनको पता हो गया होगा ये कितना पूछा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले अपार से संबंधित है तीन सौ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है ऑप्शन ए पैसठ वर्ष प्रश्न नंबर बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी ए गोपाल कृष्ण गोखले बी महादेव गोविंद राणाडे सी मदन मोहन मालवी या फिर डी बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा पूछा जाता जाता है है ये भी सवाल कभी कभी गोपाल कृष्ण गोखले ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी तो ये लिखना है गीता रहस्य किसने लिखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्वामी विवेकानंद बी स्वामी दयानंद सरस्वती सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी स्वामी ब्रजानंद तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक भारत के किस किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बी बिहार सी केरल या फिर डी तमिलनाडु तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश जो कि सुचेता कृपालानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में कौन भारत के के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। चुने आपने लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सी राज्य विधान के निर्वाचित सदस्य ई और डी राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं बिल्कुल होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं होते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं इसलिए कोट वन कोट टू और कोट थ्री सही है बाकी कोट चार गलत है प्रश्न नंबर तीस और एक्स जो मॉक टेस्ट है उसका आखिरी प्रश्न है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए तीस तीस करके चार वीडियो में खत्म कर देंगे एक एक दिन में चार चार वीडियो हम डाल देंगे एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में पूरा हो जाएगा तो प्रश्न नंबर तीस राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है ऑप्शन ए महान्यायवादी एडवोकेट जनरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं याद रखिएगा राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है ऑप्शन ए महान्यायवादी बी एडवोकेट जनरल जिसे हम लोग एजी भी कहते हैं और इसे महाधिवक्ता भी कहते हैं महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं ये सवाल आपको देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे या इस सवाल का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में